जय हिंद जय भारत डबल फर्स्ट वीर आहिर बटालियन के छप्पनवे स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भेंट करता हूं एक रागिनी कोई तोड़ सके ना ऐसा कीर्ति मान बनाएंगे बल फर्स्ट की दुनिया में पहचान बनाएंगे पहचान बनाएंगे ओ मई रोयल पलटन मायरोयल पल्टन मायरोयल पल्टन माइरोयल पल्टन, पल्टन, पल्टन कोई तोड़ सके ना ऐसा कीर्तिमान बनाएंगे नई डबल फर्स्ट की दुनिया में पहचान बनाएंगे पहचान बनाएंगे ये डबल फर्स्ट के वीर अखीरो का है काफिला जब जान हथेली पर है तो क्या मौत से गीला ये डबल फर्स्ट के वीर अखीरो का है काफिला जब तक तन में जान शान पलटन की बढ़ाएंगे नई डबल फर्स्ट की दुनिया में पहचान बनाएंगे पहचान बनाएंगे ओ मई रोयल पलटन माई रोयल पलटन माई रोयल पलटन माई रोयल पलटन सर्दी गर्मी बारिश चाहे कैसा हो खतरा जब तक दिल में धड़कन तन में खून का कतरा सर्दी गर्मी बारिश चाहे कैसा हो खतरा जब तक दिल में धड़कन तन में खून का कतरा अजीत अभीत कनारा अजीत अभित कनारा भूमंडल गुंजवाएंगे नई डबल फर्स्ट की दुनिया में पहचान बनाएंगे पहचान बनाएंगे वो रॉयल पल्टन माइरोयल पल्टन माइरोयल पल्टन रॉयल पल्टन पूर्वजों का सदा हमारे सिर पर हाथ रहे बजरंग बली दादा कृष्ण का आशीर्वाद रहे पूर्वजों का सदा हमारे सिर पर हाथ रहे बजरंग बली दादा कृष्ण का आशीर्वाद रहे फिर नामकिन को मुमकिन हा नामुमकिन को मुमकिन हम कर दिखलाएंगे डबल फर्स्ट की दुनिया में पहचान बनाएंगे ouais, पहचान बनाएंगे मायरोल पलटन मैरोयल पल्टन मायरोयल पलटन मायरोयल पलटन जय हिंद